राम राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे, दिनांक 30 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है सितारे क्या कहते हैं इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक के हमारे जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए शुभ अंक शुभ रंग और दिव्य महाप्रयोग हम बताएंगे बने रहिएगा दर्शकों अंत तक हमारे साथ यदि आप लोग जो है हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज लाइव प्रोग्राम है तो आप लोग लाइक करके जो है और कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पांच अंगों से बेसिकली पंचांग मिलकर बना होता है तो आज का पंचांग क्या कहता है तो पंचांग पर दृष्टि डालते देखिये विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर संबत सूर्योदय की यदि हम बात करें तो प्रातः पांच बजकर अड़तालीस मिनट पर होगा सूर्यास्त होगा शाम को मिनट पर राहु काल की बात करते हैं तो राहु काल एक ऐसा राहुकाल रहे तो रहेगा तेरह बजकर इकतालीस मिनट से पंद्रह बजकर पंद्रह मिनट तक की तो शुभकाल करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय है प्रातः ग्यारह बजकर इकतालीस मिनट से बारह बजकर बत्तीस मिनट तक की आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं और चूँकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है उसके उपरांत फिर जो है पंचमी तिथि लग जाएगी तो चतुर्थी तिथि में हमने कल आपको बताया था कि मूली का सेवन और दान दोनों ही जो है हानिकारक होता है तो चतुर्थी को मूली और पंचमी को बिल्व जिसको जो है बेल बोलते हैं तो बिल्व को जो है त्याग बताया गया है बिल्वफल आप लोगों को नहीं खाना है और पंचमी और चतुर्थी तिथि में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग तिल का दान और इसकी भी मनाही होती है तो पंचमी को बिलफल आप लोग नहीं खाइएगा और गुरुवार चूंकि दिन रहेगा तो दिशाशूल की हम बात कर लेते हैं गुरुवार को जो दिशाशूल रहेगा ये दक्षिण दिशा की ओर दिशाशुलगा और यदि आपको यात्रा करनी भी हो तो दही खा करके इस दिशा की ओर यात्रा करिएगा आपके कार्य सिद्ध होंगे गोचर की ओर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं तो सूर्य इस समय सिंह राशि अंश पर जो है गोचर कर रहे हैं मंगल मकर राशि मार्गी हो चुके हैं चार अंश पर जो है गोचर कर रहे हैं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और रात में आठ बजे के बाद फिर ये मेष राशि में चले आएंगे बुद्ध कर्क राशि में बृहस्पति तुला राशि में शनि वक्री होकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं राहु कर्क राशि में दस अंश गोचर कर रहे हैं केतु दस अंश मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं तो ये तो था दर्शकों देखिए हमारा पंचांग अब राशि फल पर चलते हैं तो आप लोग देखिए लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिए लाइक के माध्यम से जो हमें पता चलेगा कि आप लोग जो है कितना हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग जो है जल्दी जल्दी देखिए लाइक करिए पच्चीस लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जो है लाइक नहीं कर रहा है तो मेष मेष राशि राशि की ओर बढ़ते हैं के जातकों आज, आज आज आमदनी अपनी कैसे कैसे बढ़ाई जाए जाए इसका प्रचार किया इस पर आप विचार करते हुए नजर आएंगे समस्या का समाधान निकालने में आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे आज हाँ दोस्तों के साथ आपका कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा नए लोगों से आज दोस्ती हो सकती है चूंकि चंद्रमा आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहा है तो यात्रा का योग और खास करके विदेश यात्राओं का योग बन रहा है आपके कुछ निजी मामले सुलझेंगे और कैरियर के मामले में कुछ सकारात्मकता ऑफर होगी हो सकता है कि नई जॉब आज आपको मिल जाए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भी योग बन रहा है आज कुछ फालतू खर्चा होता भी होता है क्योंकि जो ट्वेल्थ हाउस होता है ये खर्च का भी होता है तो खर्च बढ़ता हुआ यहाँ पर आज दिख रहा है आज अपने खर्च पर कंट्रोल करें तो बहुत अच्छा रहेगा कोई नई चीज परचेस करते हुए भी आज, आज आप नजर आ रहे हैं करना क्या है आज, आज आपको जो है पीपल के वृक्ष पे जल में हल्दी डालकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अभिषेक कर दीजिएगा चढ़ा दीजिएगा रेड कलर आज, आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा आपको बी नाम और के नाम के लोगों से बहुत ही विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो राशि के जातको पैसे और परिवार से जुड़े कुछ काम आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन कुल मिलाकर के आमदनी आज अच्छी रहने वाली है इसके साथ साथ आज आप कोई बहुत बड़ी योजना बना सकते हैं उस पर आप प्लानिंग कर सकते हैं पैसों के लिहाज से स्थिति ठीक रहेगी किस्मत का साथ तो मिलेगा लेकिन ही मिलेगा आज उच्चाधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट होंगे होंगे और उनका सहयोग भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा कम कम तो नींबू आप लोग दान कर ही दे तो बहुत अच्छा रहेगा नींबू के दान से देखिए आपका बृहस्पति जो है थोड़ा सा बलवान होगा और माँ लक्ष्मी की भी आप पर कृपा जो है बनी रहेगी इसके साथ साथ नींबू का दान जो होता है आपके ऊपर यदि कोई विपदा भी आने वाली होती है तो उससे भी आपको बचा कर रखेगा शुभ कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर आपके लिए शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक है आपको बचना किससे है तो विशेष करके आज अगर आपको कोई सावधानी हम रखने की बात करें तो पी नाम एम नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है पर पर जी जो है ये सलाह दे रहे हैं हैं चलिए अपनी अपनी अगली राशि बढ़ते हैं, मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो गोचर कुंडली में कर्म भाव का चंद्रमा होने से दिन थोड़ा ठीक रहेगा पुरानी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएंगी कोई व्यक्ति भावनात्मक तौर पर आज आपका समर्थन कर सकता है आज होने वाली कोई खास बातचीत आपको भविष्य के लिए इंडिकेट करती हुई नजर आ रही इशारा करती हुई नजर आ रही है करियर से जुड़ी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है कुछ दोस्त आपके लिए खास रहेंगे किसी से भी संबंध ना बिगाड़े तो अच्छा रहेगा ऑफिस के कुछ मामलों में आप सफल हो सकते हैं यदि आप अभी तक बेरोजगार है तो कोई नया रोजगार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है कुल मिलाकर के इनकम बढ़ने की आज आपकी कोशिश रहेगी तनाव कम होता हुआ दिख रहा है राहत मिलेगी आज आपको किसी को देखिए पैसा उधार नहीं देना है प्लीज आप लोग पैसा उधार मत दीजिएगा इसके साथ साथ यदि संभव होगा तो हल्दी जो होती है आप पांच गांठ हल्दी की ले लीजिएगा और उस हल्दी की गांठ को आपको धर्म स्थान पर दान देना रहेगा हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ कलर की बात करें तो ग्रीन कलर आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा आपको आर नाम और ए नाम के लोगों से सावधान रहना है लाइव सेशन चल रहा है तो कुछ कमेंट ले लेते हैं देखिए सरयू जी नमस्कार अजय जी लिखते हैं कन्या राशि का तो भी बता रहे हैं रूप शर्मा जी लिखते हैं जय श्री राम रूप जी चंचल सिंह जी जय श्री राम ममता जी लिखती हैं नमस्ते सर तो ममता जी नमस्कार प्रदीप रत्न जी लिखते हैं यू आर द बेस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष आचार्य सो यू आर बेस्ट देखिए प्रदीप रत्न हम आपको प्रदीप रत्न नहीं बुलाएंगे हम आपको ज्योतिष रत्न बुलाएंगे तो आप अभी जो है ज्योतिष के जो है विद्यार्थी हैं शोध कर रहे हैं ज्योतिष पर तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे बहुत नाम कमाएं आप वर्ल्ड लेवल पर आप फेमस हो और जो हमने ज्योतिष रत्न आपको कहा है तो उस किताब से भी आप नवाजे जाए गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं भैया प्रणाम कल मिलूंगा गोपी जी स्वागत है आपका जौनपुर के विशेषकर किसान के के मेष राशि लिए कुछ लाभकारी टिप्स बताएं आप हमारी वीडियो देखा करिए इसमें तमाम टिप्स हैं शैलेश जी लिखते हैं जय श्री कृष्ण शैलेश जी जय श्री कृष्ण मोहित जी लिखते हैं सर जी ओपेल रत्न गले में ज्यादा फायदा देगा या उंगली में मध्यमा में या तर्जनी में कई लोगों के सवाल है चलिए कुछ क्लियर कर देते हैं देखिए ओपेल रत्न आपको मध्यमा उंगली में ज्यादा लाभ देगा कारण बता देते हैं आप गले में ओपेल रत्न पहनेंगे ये हमने शर्ट पहने हुई सपोज करिए सूर्य की किरण पर जो है जब हमारे पर पड़ती है फिर प्रकाश के परावर्तन नियम के कारण उनका रिफ्लेक्शन होता है हमारे रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में फ्लो करती है एनर्जी देती है तो जब ये कपड़े से ढक जाएगा जेम स्टोन तो प्रॉपर उस पर रेस कहां मिलेगी तो आप मध्यमा उंगली में पहने तर्जनी उंगली में मत पहनिएगा मध्यमा उंगली में पहनिए बेटर रहेगा देखिए हमने मध्यमा उंगली में मूंगा भी पहना हुआ है तमाम लोग कहते हैं अभी कल हम एक जो है शॉप पे कुछ फाइल कवर ले रहे थे लखनऊ में डालीबाग में तो यहाँ पर चित्रकूट के ही एक द्विवेदी जी हैं उन्होंने कहा सर आपने तो मध्यमा में मूंगा पहना है ये तो गलत है तो हमने कहा यार मैं खुद ज्योति हूं एस्ट्रोलॉजर हूं इसलिए मैंने पहना है कहे सर इसका कोई तर्क आप दे सकते हैं आपने क्यों पहना है क्योंकि ज्योतिष वो भी जानते थे हमने कहा बिल्कुल हमने कहा हमारे हॉरोस्कोप में भाग्य के घर में मकर राशि में चंद्रमा है वो मंगल है सॉरी चंद्रमा कहती है मंगल है और उच्च का है तो जब मंगल मकर राशि में शनि के घर में जाकर उच्च का हो सकता है तो मूंगा क्यों नहीं शनि की उंगली में जाकर के उच्च का हमको फल देगी हमारी बातों पर आप लोग गौर करिएगा और प्रदीप रत्न जी हमने ये लॉजिक देखिए आपको बताया है अगर सहमत हो तो कमेंट के माध्यम से सहमति हा या ना में जो है जरूर दीजिएगा चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो ओपल आपको मध्यमा उंगली में फिलहाल पहनना है मोती हम इंडेक्स फिंगर में पहना देते हैं इसमें ये देखिए ये शुक्र पर्वत यहां तक आता है तो हम इंडेक्स फिंगर में भी पहना देते हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई लॉजिक नहीं है है है बस हमारा अपना अपना अपना जो मानना हम उस पर चलते हैं हैं बाकी लोगों क्या का अपना, अपना मत है, वो क्या कहते है, क्या का मत वो कहते करते है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है तो कर्क राशि वालों कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से आज मुलाकात होती हुई नजर आ रही है इसके साथ साथ आज जिनसे आपको फायदा हो रहा है उनके साथ साथ आज नौकरी बिजनेस और समाज में आज आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हैसियत बढ़ती हुई नजर आएगी नए और रोचक मौके भी आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे आज कुछ कामों में आपको किस्मत का साथ हालांकि नहीं मिल पाएगा शनि के कारण आपके कार्य अटके हुए रहेंगे दिन मिलाजुला रहने वाला है भावनाओं में आकर कोई फैसला ना करें तो ठीक रहेगा अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी इसके साथ साथ दूसरों के झगड़े में आज फंसने से बचना है आपको हाँ कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो है कुछ यात्राएं हो सकती मोहित शर्मा जी कमेंट कर रहे इसी वजह से मेरे पिताजी का आज बहस हुआ वो भी जो सा मैंने भी पीएचडी किया हुआ मोहित शर्मा जी ने क्या लिखा है शनि के मित्र हैं एवं गुरु दुश्मन है अंगुली ही शनि के मित्र है मोहित शर्मा जी मोहित जी झगड़ा उगड़ा मत करिए देखिए आप लोग झगड़ा मत किया करिए कुछ करना हो भाई आप उनके कहने से भी पहन के देख लीजिए दो तीन महीने फिर अपने लॉजिक से भी पहनिए लेकिन पिताजी अगर कह रहे हैं तो उनका भी कुछ तजुर्बा रहा होगा हो सकता है हम गलत है यहां पर तो मोहित जी जो मूंगा वाला हमने बताया है आप उसका भी हमको जवाब दीजिए क्योंकि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं आपकी प्रदीप रत्न जी लिख रहे हैं अच्छा मूंगे वाली बात तो प्रदीप जी ने भी देखिए लिखा है पुत्रवती झूठी जग सोई राम भगत जा सोती हूँ अमनदीप जी लिखते हैं राम भगत जा सो होती राहुल सिंह जी लिखते हैं जय श्री राम राहुल जी राम राम तो कर्क राशि के जात को आज करना क्या है किसी गरीब को आज आपको केला देना है और पीला मिठाई यदि हो तो दे दीजिएगा और लेन देन के मामलों में कर्क राशि के जातकों को आज सावधानी रखने की जरूरत है कर्क राशि के जातकों आज आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपका शुभ कलर है अंक चार शुभ अंक है सी नाम आर नाम के लोगों से सावधान रहना है लियो सिंह राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आप इच्छा अनुसार काम करने के मूड में रहेंगे रोजमर्रा से हटकर भी कोई काम आज करने का मन बना सकते हैं मन की बात कहने के लिए उत्सुक हो सकते हैं नौकरी या किए गए किसी निवेश के बारे में आज कोई बहुत गंभीर फैसला होता हुआ नजर आ रहा है आज तबादलों का योग है हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो खुद की प्रेरणा से आज आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे सावधान रहिएगा अपने गुस्से पर आज आपको कंट्रोल करना है लापरवाही से बचिएगा मेहनत में करनी पड़ सकती है कोई बुरा सपना या शकुन के संकेत आज आपको मिल सकते हैं थोड़े सावधान रहने की जरूरत है हनुमान जी के मंदिर में आज आपको पांच बदाम चढ़ाने हैं और पीपल के वृक्ष में आज आपको प्रातःकाल चल चढ़ाना है आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर रहेगा पांच अंक शुभ अंक रहेगा और आपको ई e नाम और M नाम के लोगों से सावधान रहना है कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों आज के लिए पूरा दिन कामकाज में निकल जाएगा कुछ लोग आपसे मिलेंगे जो आज आपकी मदद करेंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नई परिस्थितियां बन सकती है उनसे आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आपको अपना मन खुला रखना होगा वास्तव में थोड़ा विचार और सौदेबाजी से आप कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हैं यात्राओं का योग है खास करके यदि आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का तो उससे रिलेटेड आज, आज आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है कोई शुभ समाचार शुभ संकेत प्राप्त होते हुए नजर आएंगे रोजमर्रा के काम कन्या राशि के जातकों को आज आसानी से पूर्ण होते हुए नजर आएंगे आज कोई अपोजिट जेंडर वाला महिला है तो पुरुष पुरुष है तो महिला परेशान करता हुआ दिख रहा है करना क्या है किसी ब्राह्मण को आज खीर का दान करिएगा बहुत अच्छा रहेगा और उस खीर में थोड़ा सा ऊपर केसर दो चार पत्ते केसर के डाल दीजिएगा बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो पर्पल कलर शुभ कलर है अंक छे शुभ अंक है जी नाम और आर नाम के लोगों से बचना है तुला राशि ओर कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं स्नेहा त्रिपाठी जी नमस्कार जी आपको जॉब मिल सकती अपॉर्चुनिटी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा हाँ स्नेहा पर भरोसा रखिए विश्वास रखिए गुरु जी मोहित जी लिखते है सर ऐसी बहस नहीं हुई थी ज्ञान संबंधी में बोल रहे थे कि शुक्र का अंगूठा होता है पर तर्जनी उंगली गुरु की होती है एवं गुरु शुक्र को अपना दुश्मन नहीं मानता है सही कह रहे हैं आपके पिताजी गुरु जो होता है होते हैं वो शुक्र को अपना कभी भी दुश्मन नहीं मानते एक जो ज्ञानी पुरुष होता है लेकिन शुक्र गुरु को अपना दुश्मन मानते हैं तो यहाँ पर जुपिटर तो कोई हानि करेंगे नहीं पहली चीज दूसरी चीज ये जो हमने फिंगर बताई है अब इसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि आपके शनि की स्थिति क्या है जो आप ओपेल पहन रहे हैं वाइट ओपेल है कि फायरिंग वाला ओपेल है उसमें फायरिंग का रेशियो क्या है ब्लू फायरिंग ज्यादा है ग्रीन फायरिंग है या रेड फायरिंग ज्यादा है तो आप मिडिल फिंगर में पहनिए ज्यादा ठीक रहेगा भले शत्रु ना माने लेकिन और प्लेनेट भी देख लीजिए क्या सपोर्ट कर रहे हैं अब देखिए गुरु क्या है गुरु ज्ञान है गुरु भक्ति है जिनको भी आगे बढ़ना हो वो कभी भी किसी से ना जले यही हम मूलमंत्र दे रहे हैं ये चीज गुरु हमें सिखाता है लेकिन शुक्र ये चीज नहीं सिखाता है शुक्र ऐश्वर्यता सिखाता है छल कपट सिखाता है मोहित में ही लीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रदीप रत्न जी जी गुरु सिंह राशि से लग्न और राशि दोनों मेरी सिंह है और मेन बात आती है कि आपके कौन से प्लेनेट एक्टिव है उस हिसाब से जाकर भाग निकाला जा सकता है आप एक चार्ट बना लिया करें तो वह हमें उस पर से देखिए राशिफल बताना होता है हम राशिफल तैयार कर लेते हैं अब यहाँ पर व्हाइट बोर्ड वगैरह कितना जो है बताते जाएं सबका तो ठीक है कोशिश करेंगे जो आपने बताया है इसको हम अम्ल में लाए तो जो आपने कहा है कि जो प्लेनेट एक्टिवेट हैं ये तो आप अपनी जन्म कुंडली बहुत अच्छे से बता जो है, वो कर सकते हैं कि कब का क्या है जो आपकी जन्मकुंडली है और एक गोचर कुंडली आप लोग बना लिया करिए जो ज्योतिष के हमारे छात्र देख रहे हैं गोचर कुंडली बना लिया करिए वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है उस हिसाब से फल भी मिलता है मूंथा भाव देख लिया करिए वर्ष फल में जैसे इस साल का मुंथा भाव अगर दो है तो नेक्स्ट ईयर में वो एक राशि आगे बढ़ जाता है तो तीन हो जाएगा उसके अगले साल फिर मुंथा भाव चार हो जाएगा तो ये सब देख आप निकाल सकते हैं चलिए अधिक समय हम लोगों का लग रहा है तुला राशि की ओर बढ़ते हैं तो तुला राशि के जात को चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आज छठे भाव में रहेगा तो दोस्त और साथ काम करने वाले लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे आज आप अपने हर कामकाज में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी रखें तो ठीक रहेगा जो आप करेंगे उस पर किसी को उंगली उठा सकते हैं कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा सकता है उच्च अधिकारियों से सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आज दांपत्य जीवन में कुछ वाद विवाद हो सकता है अपने वाड़ी पर आज, आज आपको कंट्रोल रखना है बिजनेस में धन हानि हो सकती है जोखिम भरे निवेश ना करें अच्छा रहेगा बड़े फैसले करने के लिए दिन अच्छा नहीं है संगीत और कला की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा करना क्या है पे आज धर्म स्थान पर आज आपको पांच सुपारी का दान करना रहेगा पांच सुपारी का दान कर दीजिएगा बस शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा आपको आर नाम और एस नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं के को आज बारीकी से कामकाज निपटाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज आप मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे इसके साथ साथ कुछ नए मौके भी आज आपके सामने आ सकते हैं दोस्त और प्रेमी जन आपके मददगार साबित होंगे आज, आज आप कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं आज आपको खान पर कंट्रोल रखना होगा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा आज आपका जो है कोई विश कोई इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएगी कोशिशें सफल रहेंगी कोई काम जो रुका हुआ है वो आज पूर्ण होता हुआ नजर आएगा बरगद के पेड़ पर दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके चढ़ा दीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपका शुभ है शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ है पी नाम यू नाम के लोगों से सावधान रहना धनु राशि सेजिटेरियस आज का राशि राशि भविष्य क्या कहती है तो आपको आने वाले जो अच्छे समय का इंडिकेशन है ये आज मिलता हुआ कुछ नजर आएगा इसके साथ साथ प्रेम और रोमांस के मामले में आज आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं कोई भी काम निपटाने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करें माता तुल्य या माता की आज आपको इज्जत करनी है अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करिएगा किसी के ऊपर आज आपको क्रोध नहीं करना है आज ज्यादातर लोग आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में धनुराश के जातक यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टनर आज लगभग आपकी हर बात मानेगा शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से मदद मिल सकती है नौकरी पेशा बिजनेस करने वाले को अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षक रहेगा अपने कार्य में आज आप किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हुए नजर आएंगे क्या करना है पहली बात तो किसी को आप लोगों को उधार नहीं देना है नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है और केसर का तिलक मस्तक पर जिब्भ्या पर और नाभि पर आपको लगाना अब आप कहेंगे नाभि क्यों पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट आपका नाभि होता है दूसरी चीज आप मां के गर्भ में नाभि के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं तर्क सुनिएगा फालतू की चीजें नहीं बोल रहे हैं बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा तीसरी चीज लंकेश रावण का नाम किसने नहीं सुना होगा महापंडित था रावण रावण ने अपना अमृत भी नाभि में ही छुपा के रखा था तो पूरे शरीर का यदि आप हमसे पूछें कि सबसे पवित्र पार्ट कौन सा है अंग कौन सा है तो हम बताएंगे नाभि ही है तो केसर का तिलक मस्तक जुबान नाभि पर लगाइएगा आपको ऊर्जा मिलेगी प्रेरणा मिलेगी शुभ कलर की हम यदि बात करें तो वाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम सी नाम के लोगों से सावधान रहना है मकर राशि कॉन तो आज का राशिफल मकर राशि वालों के लिए बता दें कि जीवन के हर पहलू में आज बदलाव की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है परिवार और प्रेमी जनों की समस्याएं सुलझाना आज आपके लिए कारगर साबित रहेगा दूसरों की मदद करने के मौके आज आपको मिल सकते हैं छोटी छोटी, छोटी चीजें आज आपके लिए खास हो सकती हैं किसी बात पर प्रेमी या जीवन साथी आज आपसे नाराज हो सकता है उसे मनाने के लिए भी आज आप जतन कर सकते हैं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी धैर्य रखिएगा पेशेंस रखिएगा आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं आज लव लाइफ की कोई पुरानी समस्या सुलझती हुई नजर आ रही मकर राशि वालों को हाँ कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे तो आज आप उनसे उलझते हुए नजर आएंगे उनसे हो सकता है कि आज आप बात विवाद कर लें तो इससे आज आपको बचना रहेगा सुगंधित चीजों का दान आज आपको धर्म स्थान पर करना है साबुन आज बिल्कुल मत लगाइएगा नाखून मत काटिएगा बहुत अच्छा रहेगा दाढ़ी बाल भी आज आपको नहीं बनवाना है ब्राउन कलर आपका शुभ कलर है ओ नाम के लोगों से सावधान रहना है अंक छः आपका शुभ अंक है कुंभ राशि एक्वायर्स आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं तो नौकरी पैसा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा बहुते ज़्यादा और फिर उसके बाद जो आप सफलता का स्वाद चखेंगे उसके क्या कहने आज आप बहुत बदूनी मूड में हो सकते हैं अपने लॉजिक और ज्ञान से आज आप सबको इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे आज दिनचर्या में थोड़ा बदलाव हो सकता है यात्राओं का योग है खास करके ऑफिस से रिलेटेड किसी वर्ग में आज आपकी यात्रा हो सकती है आज कपड़ों से व्यावसायिक वर्ग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है हां शनि की जो दृष्टि है उसके कारण कुछ धन हानि होने की संभावना है कोई राज की बात उजागर होती हुई नजर आएगी चोट या दुर्घटना लगने की संभावना है तो वाहन सावधानी पूर्वक आप लोग चलाइएगा करना क्या है देखिए आज नमक का दान यदि कर सकते हैं तो सो फॉर सोफ बेस्ट रहेगा चतुर्थी तिथि रहेगी तो मूली का दान और मूली का दोनों नहीं करना है आज आपको नहीं खाना है आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो ब्लैक कलर शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है क्यों नाम पी नाम के लोगों से बचना है अंतिम राशि पर आते हैं पाइसेस मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मीन राशि के जातको आज कुल मिलाकर के दिन आपके फेवर में रहेगा गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके घर में है तो लाभ ले लीजिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपकी जो और एनर्जी कह लें या जो आपकी जो है प्रतिभा है वो निखर कर लोगों के सामने नजर आएगी उच्चाधिकारियों से सहयोग अच्छा प्राप्त होएगा रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे जो आपने सोच रखा है ठान रखा है वो आज पूर्ण होता हुआ नजर आएगा पैसों की कमी या दबावों का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी बात पर ज्यादा जोर देने से भी आज आपको बचना होगा जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे तो ठीक रहेगा पैसे कमाने के नए अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं आज आप कोई गलती मत करिएगा खास करके अपने से जो जूनियर है आपके एम्प्लॉय हैं उनको कुछ भी आज बुरा भला मत कहिएगा स्वस्थ भाषा का प्रयोग करिएगा और आज तनाव कुछ बढ़ सकता है जीवन साथी के साथ संबंध कुछ हद तक की बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं धन लाभ के योग हैं हालांकि ठीक ठाक रहेगा पूर्व में किए गए निवेश से भी आज, आज आपको फायदा होगा आज आपको जो है चने की दाल इसका दान आज, आज आपको करना होगा धर्म स्थान पर इसके साथ साथ चने की दाल आपने दान कर दी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से यशरण मात्र जन्म संसार बंधना प्रभु विष्णवे तो भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है इसका आज आपको जो है, करना रहेगा। कलर की बात करें, तो आपके लिए वाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा आपको ओ नाम और जे नाम के लोगों से बचना है सावधान रहना है तो दर्शकों ये तो था मे से लेकर मीन राशि तक का राशि देखिए प्रदीप जी हमने भी डायमंड पहना हुआ है ये मिडिल फिंगर आप देख रहे हैं ना ये थोड़ा सा आपको पास से दिखा दे ये ये ये देखिए जो डायमंड है ना ये हमने भी मिडिल फिंगर में ही पहना हुआ हमको बहुत अच्छा लाभ कर रहा है अच्छा सूट कर रहा है तो हम खुद जो कर रहे हैं कोशिश करिए आप भी करिए वरना आपकी मर्जी ठीक है और रूप शर्मा जी लिखते हैं सर हाउ टू कॉन्टेक्ट डायरेक्टली रूप जी प्लीज अभी थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि इधर व्यस्तता बहुत ज़्यादा है हमारा जो दिनचर्या है ये भी सही से नहीं समय हो रही है राशिफल ही बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत हम भी किसी समस्या में जूझ रहे हैं तो उनसे बाहर निकलकर फिर हम आपको बताएंगे वैसे ऑफिशियल नंबर जो हमारा है नाइन इस पर आप, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कुंडली देखने की शुल्क है लेकिन जो जोशी लोग हैं उनसे कोई शुल्क नहीं है जो फौजी लोग हैं फौज में काम करते हैं उनसे भी हम कोई फीस नहीं लेते हैं ये सरयू जी के हस्बैंड जो है सरयू जी ने कांटेक्ट किया था सरयू हाँ सरयू जी ने ये पुणे में है शायद तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था लेकिन हमको ये नहीं बताया था कि इनके हस्बैंड आर्मी में हैं उसके बाद इन्होंने फीस सबमिट कर दी हमने इनकी कुंडली देखी इन्होंने कहा हमने इनको खुद बताया कि आपके जो है जो हसबैंड होंगे वो इसी तरीके के पुलिस सेना में रिलेटेड पद पे होंगे तो इन्होंने कहा जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हमने कहा ठीक है आपका हम पेमेंट वापस कर देते हैं तो इन्होंने मना कर दिया उसके बाद क्या हुआ सरयू जी आप शायद जो है कमेंट भी कर दीजिएगा हमने इन्होंने कहा सर हम दूसरी अपॉइंटमेंट ले अपने हस्बैंड की भी कुंडली दिखाएंगे हमने कहा उसकी आवश्यकता नहीं हमने तुरंत इनके हस्बैंड की भी कुंडली देखी आगे अगर ये अपने बच्चों की भी दिखाएंगे तो इनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे तो जो फौजी लोग हैं देश की हमारे सेवा कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है आप यदि फौजी हैं तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा बता दीजिएगा यथासंभव जो होगा आपकी मदद की जाएगी तो दर्शकों देखिए सरयू जी लिख भी रही हैं तो दर्शकों दीजिए अपने इस जो को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हाँ आप लोग लाइक में कंजूसी कर रहे हैं शेयर भी अब नहीं करते हैं तो शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में करिए फेसबुक पेज पर करिए जो विव आने चाहिए राशिफल पर वो नहीं आते हैं प्रदीप जी ने कुछ कमेंट किया है प्रदीप जी ने क्या कमेंट किया बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे विचार हैं जी प्रदीप जी तो चलिए ठीक है दीजिए अपने, अपने नए वीडियो में और हाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी दो तारीख को कंफ्यूज मत होगा आप पूछेंगे क्यों कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था रोहड़ी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है रोहड़ी नक्षत्र में हुआ था वृषभ उनका लग्न भी था और राशि भी थी चंद्रमा परम उच्च के थे, थे। 16 कलाओं से युक्त थे। तो तारीख को ही ऐसा संयोग बन रहा है। प्लीज आप लोग की स्थिति में मत रहिएगा। को को नहीं है, दो को ही रहेगा संडे वाले दिन। कुछ लोग कहते हैं आप मत बोला करिए छुट्टी मर जाती है हमने फेसबुक पे डाला था तो एक लोगों का कमेंट आया था अब भाई किसी की छुट्टी मरे तो मरे क्या करना हमारा कोई राजा छुट्टी किल करने का नहीं जो जैसे है वैसे है प्रवीण सोनी जी हेलो जी नमस्कार जी प्रवीण जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप तो अभी हमारे जो है नए वो दिख रहे हैं बताइए आपको क्या कष्ट है और दर्शकों फोन एंड लाइव कार्यक्रम स्टार्ट होगा जल्दी होगा हफ्ते दस दिन में वो भी हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इसी राशिफल बताते समय ही ठीक रहेगा फोन एंड लाइव या अलग से उसका एक वो करे हम सोच रहे हैं राशिफल जैसे बताते हैं जैसे हमने मेथ राशि बताई एक फोन आया उनका एक क्वेश्चन लिया हमने उनकी कुंडली देखी उनको हमने बता दिया फिर अगली राशि एक फोन लिया तो टोटल 12 फोन आएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा तो दर्शकों बहुत अब इधर उधर की बातें हो गई दीजिए अपने मित्र को भाई को बंधु को ज्योतिषी को पुत्र को जो भी आप जिस भाव में मानते हैं इजाजत तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो माता रानी आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें